जैसा कि हम सब जानते हैं आज कल स्कूल और कॉलेज की डिग्री मात्र से जॉब नहीं मिलने वाला इसलिए चाहिए आपको अनुभव और, और फिर एक्सटर्नल डिग्री क्या आप एक स्टूडेंट हैं क्या आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं अगर आप सब एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग सीख आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा सकते हैं आपको हाई सैलरी वाला जॉब मिल सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं मैं हूँ सीताराम भगत डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा अपना वेबसाइट डिजिटल फ्रीडम स्कूल ऑनलाइन में आप विजिट कर सकते हैं अगर इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए